बड़ी दूर से आए हैं पहली सुबह घर को जाएंगे बड़ी दूर से आए हैं पहली सुबह घर को जाएंगे दूसरों के हाथ का बहुत खा लिया अब माँ के हाथ का खाएंगे पैसा कमाने के चक्कर में केशव हम कहाँ तक पहुँच गए सब कुछ तो यहीं छोड़ जाना है क्या खुदा के पास ले जाएंगे